तो फाइनली मुझे एंड्रॉयड का ऑफिशियल वर्जन 1.16 पॉइंट वन, वन सिक्स यानी अभी हमको मिला है अभी जस्ट अभी बिल्कुल रिसीव हुआ है रियलमी टू पॉइंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है और मेरे फ़ोन में अभी देखिए इस टाइम पे एंड्रॉयड 11 एल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है चलिए हम देख लेते हैं इसको पहले चक् चलते हैं सेटिंग में सेटिंग ओपन करते हैं यहाँ सीधे सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जा हम लोग ओपन करते हैं सेटिंग को और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक यूजर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए यहाँ पे दिख रहा है वन अबाउट फोन में जाते हैं यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लोग चेक करते हैं यहाँ देखो हमारा एंड्रॉयड इलेवन वर्जन जो है इस टाइम पे रन कर रहा है तो ये है एंड्रॉयड इलेवन ठीक है तो एंड्रॉयड इलेवन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे वर्क कर रहा है ऑलरेडी हमने पहले हमें अपडेट मिल चुका है कब मिला था ये तो ये मिला था हमें पाँच जुलाई को ठीक है तो एंड्रॉयड इलेवन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चलिए अब जो अपडेट अभी आई ऑफिशियल लॉन्च की अपडेट है तो ये अभी मुझे रिसीव हुआ है ऑफिसियल लॉन्च का यहाँ पे आपको दिखाया गया ऑफिसियल वर्जन 1.16 पॉइंट अबाउट दिस अपडेट के बारे में बताया गया रिलीज एंड इंक्लूडिंग एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचज फिक्स सम इशू जो कि व्हाट्सएप uh, में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था जब हम लोग वीडियोज़ को या फ़ोटोज़ को शेयर करते फ्रेंड्स में तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पर ऑप्टोमाइजेशन हो रहा है एंड यहाँ पर ऑप्टोमाइजेशन के लिए सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सिस्टम स्टेबिलिटी आ रही है इसके बाद फिक्स किया गया है यहाँ पर प्रॉब्लम्स डेट द गेम स्पेस गेम स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है उसके बाद फिक्स किया गया यहाँ पे प्रॉब्लम को बैटरी का ठीक है आइकन डिस्प्ले ठीक है उसके बाद यहाँ पर इशू फिक्स किया गया वाइब्रेशन का जो कि बटन व्हेन गोइंग बैक इन द सेम इन द बैक कैमरा ठीक है इंटरपेस में कैमरे में कुछ चेंजेस की गई ऑप्टमाइजेशन किया गया कैमरे में स्टार्टअप स्पीड जो फिक्स की गई इसमें ऑप्टोमाइज़ किया गया उसके बाद फिक्स प्रॉब्लम किया गया इसमें पोर्ट्रेट प्रीव्यू में इंटरफेस में लैग आ रहा था उसको भी सही कर दिया गया उसके बाद फिक्स इशू जो इसमें किया गया कैमरा में जो कैमरा क्रैश हो जा रहा था बार बार और कंटिन्यूसली तो शूटिंग के टाइम में क्या होता कैमरा ऑटोमेटिक क्रैश हो जा रहा था ये भी दिक्कत को इसमें सॉल्व कर दिया गया है चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे सीधे और यहाँ से डाउनलोडिंग इस्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर बता रहा है कि कंटिन्यू डाउनलोडिंग बोल रहा है हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हम लोग उसको डाउनलोड होने देते हैं डाउनलोड होने के बाद हम लोग फिर से आएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से प्रोसेस करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस में होंगे वो सारे के सारे चेंजेस मैं आपको फिर से बताऊंगा। एंड चलिए वेट करते हैं तब तो तक तो. तो यहाँ पर आ गया है फाइनली अपडेट नाउ का ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो तुरंत ही मेरा फोन रिबूट होने लगेगा और स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए इसके पहले हम लोग एक प्रोसेस कर लेते हैं देख लेते हैं ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ है कि नहीं यहाँ पर हम टाइप करेंगे रियल मी अपडेट यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन बाई वन किस तरीके से अपडेट प्रोवाइड की जा रही है तो सीधे हम चलते हैं अपने फ़ोन में तो मेरा फ़ोन है रियल मी एक्स चार चौसठ का वेरिएंट है तो यहाँ पर हम लोग सीधे आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए सीधे कलर यू वन अभी भी है यहाँ पर कलर सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट जीरो सेम यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे और उसको थोड़ा एक्स सीढ़ी आ चुकी है यहाँ पर रियल मी का वन अभी भी है एंड एक्स इसके बाद एक्स देखिए यहाँ पर अभी सीधे सीधे अभी दिखाए यू आई यानी अभी भी पुराना अपडेट ही है ठीक है और मुझे अभी इसका ऑफिशली मिल चुका है अगर आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ अभी भी पुराना ही वर्जन शो कराएगा लेकिन आपको किस तरीके से मिलेगा वो हम प्रोसेस अभी जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको रिबूट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आगे और आगे क्या प्रोसेस समझते हैं तो आ चुके हैं सेटिंग में और यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेटिंग का देखें सॉफ्टवेयर चेक हो रहा है यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है अब मैं यहाँ पर सीधे अपडेट करूँगा और मेरा फ़ोन रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए अपडेट पर क्लिक करते हैं तो फोन स्टार्ट हो चुका है चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको फिर से जाकर सेटिंग में तो ओपन करते हैं हम लोग सेटिंग को सेटिंग को ओपन करेंगे सीधी एंड क्लिक करते हैं सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पर यहाँ पर देखिए मुझे नेट कनेक्ट करना है चलिए नेट कनेक्ट कर लेते हैं पहले तो स्क्रॉल करते हैं नीचे देखते हैं यहाँ पे देखिए शो कर रहा है यहाँ पर जैसे ही मैं इसको देखिए यहाँ पे सिस्टम अपडेट ट्राई नाउ सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा अपडेट टू आर एम जो 1921 सौ जो मॉडल है वो वो है रियलमी एक्स के लिए दिया गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेवन एलेवन पॉइंट एफ पॉइंट आया ठीक है तो चलिए हम लोग अब देख ले अब इस बार एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेस करेंगे यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेस करेंगे देखिए रिफ्रेस हो रहा है थोड़ा समय लगा और यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड 11 का ऑफिशियली वर्जन जो था वर्ज़न अपडेट हो चुका है आज है 18 देखिए यहाँ पे नौ अठारह ये इसका वर्जन 2021 हज़ार इक्कीस का है ठीक है तो यहाँ पे देखिए अबाउट अपडेट अप्डे, के बारे में दिया गया जो चीज़ सिक्स की गई है उसके बारे में दिया गया और अगर आपको कुछ भी अगर विजिट करना तो ज्वाइन किया जिनका डिसन का जो विजिट है वहाँ पर जाके एच पर जा सकते हैं आप और उसके बाद अगर आपको अभी भी नहीं मिला है अगर आपका डिवाइस मैं एंड्रॉइड 11 आ चुका है लेकिन उसका अभी ऑफिशियल वजन आपको नहीं मिला तो किस तरीके से पा सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वीडियो में बने रहेगा पूरा तो आप क्या कर सकते हैं सबसे सब पहले देखिए ऊपर के टैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रायल वजन खरीद दिया गया ऑटो डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडीडीडीडीडी दिया गया तो आप लोग क्या क्या क्या क्या क्या कीजिए यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ओवर नाइट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए मोबाइल डेटा अगर किसी का वाईफाई अगर तो वाईफाई वाला मत कीजिएगा आप लोग मोबाइल डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा इसे मान लिया मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ रहे यहाँ पे जाके मोबाइल डेटा या फिर आपका वाईफाई भी नीचे है वाईफाई उसके मोबाइल डाटा तो मैंने मोबाइल डेटा पे क्लिक किया जैसे ही मैं डेटा ऑन करूंगा तुरंत ही मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ लोग करते हैं वाईफाई के लिए तो वाईफाई हम मत कीजिए आपके पास एस नहीं आएगा ठीक है तो ये एक ट्रिक ये भी है और दूसरी ट्रिक ये है कि आप लोग जाके रियल के कम्युनिटी आप जब भी रियल कम्युनिटी को ओपन करेंगे आप अपने लॉग करेंगे तो वहाँ पर आपका फ्रीकुंटी आश्चन के नाम से आता है एंड यहाँ पे आप अपडेट में जाइएगा वहाँ पर आप जाके अपना क्वेरी डाल सकते हैं कि मुझे अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला तो पे मुझे प्रोवाइड करा दीजिए इस प्रोसेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा पूरा कोई दिक्कत नहीं है तो जिन लोगों को मिल गया है जिन लोगों को नहीं मिला वो कमेंट कीजिएगा पिंकिन को नहीं मिला मॉडल नंबर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अभी वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को स्प्राइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा नेक्स्ट एंड बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने केलते हैं मिस्लिए नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे किस तरीके से आपको अपडेट पानी है ठीक है थैंक फॉर वाचिंग जय हिंद